हेलो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने एक लेकर आया हुआ व्हाट्सएप की जो व्हाट्सएप है कोई आपकी वो व्हाट्सएप पर स्टेटस दे, देंगे तो आपकी फेंट के स्टेटस में आप स्टेटस देखेंगे तो आप लोगों की फेंट के पता नहीं होगा अपनी स्टेटस देखेंगे उसके से स्टेटस डाउनलोड कर आप भी स्टेटस देंगे तो देखिए कैसे स्टेटस व्हाट्सएप दस ये दे आप सकते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब इस को देखा लेकिन आपके पेट की पता नहीं होगा आपने स्टेटस देगा या नहीं मेरे डाउनलोड कर कर।, कर कर आपकी टेक्निकल चलिए यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन दिखाई दे रही है ऐसे डाउनलोड कर डाउनलोड कर।, कर, कर आप व्हाट्सएप स्टेटस दे ले सकते हैं तो लाइक की और और इस व्हाट्सएप को कराने के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी दे डाउनलोड कर, कर आप भी इसी तरह, तरह, तरह। तो इसे के कर सकते किसी की तरह व्हाट्सएप लोगों को करना, है देखिए ये देखिए हाइट बी स्टेटस यहाँ पर आप लोग टिक लगा देंगे तो आपके फ्रेंड की स्टेटस देखेंगे देखें। तो पता नहीं हुआ आपको लेने लेंगे ये अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए तो एक दूसरी वीडियो में मिलेंगे फॉलो मी गोस द आई गेट इफ यू लाइक टाइम इज बेली आउटसाइड आई डोंट वांट टू वेस्ट व्हाट्स सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस द स्टोन्स वी चेसिंग लीडिंग अस एंड लव इज ऑल वी एवर ट्रस्ट या नो आई डोंट